तो हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग एक और वीडियो में आपका स्वागत हो चुका है तो तो आज की से हम शुरू शुरू करने ले अपनी सर्वाइवल सीरीज, तो सर्वाइवल सीरीज सीरीज माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में करेंगे सबसे पहले अपने वर्ल्ड का, का नाम हम रखेंगे बेसिक्सपुर बेसिक्सपुर अपने वर्ल्ड का नाम रख दिए डिफिकल्टी कर देंगे हार्ड और सिमुलेशन डिस्टेंस भी फुल कर देंगे फ्रेंडली फायर शो कोऑर्डिनेट तो चलो वर्ल्ड को शुरू करते हैं तो आज बड़े दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ लोडिंग हो रही है और लोडिंग हो चुकी है स्पॉन हुए है अकेशिया बायो में कोई बात नहीं सबसे पहले हमारा काम होता है वुड काटने का तो वही करेंगे वुड वुड वुड वुड दो तीन लॉग वुड बुटके काटते हैं पिकेक्स बनाएंगे एक क्राफ्टिंग टॉयल बनाएंगे और स्टोन की मानी करेंगे बाकी ज्यादा तो वुड के बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो उसमें फालतू तो होता है बिल्कुल टूट जाता है दो मिनट से पहले ही क्राफ्टिंग टॉयल बनाएंगे अपनी और इसमें बना लेंगे एक पिकैक्स बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे स्टोन माइन करके लाएंगे और बस वुड के टूल बनाने में ज्यादा फायदा नहीं है वुड भी तोड़ो फायदा कुछ नहीं होता टूट जाते हैं जल्दी इसलिए स्टोन के बनाओ डायरेक्ट एक पिक बनाओ बस माइन करने के लिए स्टोन आप मुझे बताना आपको और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए या किस चीज का ट्यूटोरियल चाहिए मैं आपको जरूर दूंगा कमेंट में मुझे जरूर बताना तोड़ लेते हैं अपनी तभी तो के लिए इतने बहुत होंगे कहा से आए थे हम यहीं से आए थे तो के लिए इतने बहुत होंगे चलते हैं वापस बना लेंगे एक स्टोन की स्टिक्स बनाते हैं स्वॉर्ड बना लेते हैं और एक्स बना लेते हैं बस इतना ही चाहिए था अब थोड़ी और वो तोड़ के थोड़ा खाना वाना इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि रात भी होगी फिर को भी मारना है के लिए। अगर हो सके तो विलेज मिल जाए अच्छी बात होगी। चलो भाई गाय माता हमें थोड़ा भोजन दे दो आगे पंपकिन दिख रहे हैं पंपकिन का मतलब विलेज आसपास है ज्यादातर ऐसा ही होता है देखते हैं बाकी क्या होता है शीप्स को ढूंढना है शीप शिप शीप शीप एक भी नहीं मिल रही है।, शीप, शीप, शीप। तो एक शीप मिल चुकी है एक मार दिया मैंने अब एक सामने दिख रही है उसे मारेंगे और एक और चलो भाई बैठ कर इंतजाम तो होगा आपको चलो भाई ठीक बहन आ जाओ चलो बेड बना लेते हैं पहले प्लैक्स चलो जी बेड भी बन गया अपना और अब चलते हैं यहाँ से आगे देखते हैं वर्ल्ड में और क्या क्या है बाकी यहाँ से अपनी शायद सिर्फ प्लेन्स मैम आ जाएगी फॉरिस्ट ही आ रहा है वैसे तो चलते हैं आगे देखते हैं और क्या है उधर माउंटेन है उसके उधर साइड प्लेन होगी चलते हैं भाई पे तो खाने की थोड़ी कमी हो रही थी तो फर्नेस बना लेते हैं फटाफट से कबलस्टोन भी पड़े अपने पे फर्नेस बना लेते हैं जल्दी से थोड़ा खाना वाना पका लेंगे बन फर्नेस फरनेस रखेंगे अब इसमें खाना पकने के लिए डाल देंगे बूढ़े डाल देते हैं फिलहाल के लिए तो और बुट काट के ले आता हूँ मैं सबसे गंदा काम लगता है मुझे इसमें बुट काटना क्योंकि इतना टाइम लगता है ना अगर एग्स अच्छी हो ना फिर कोई बात नहीं फिर तो कितने भी पेड़ काट लो लेकिन जब अपने पे होती नहीं ना एक्स उक्स बढ़िया सी तो फिर बड़ा बेकार लगता है काटना मतलब आलस आता है बड़ा बाकी देखते हैं सामने हमारे माउंटेन वगैरह है देखे हिमाचल के ओनो ये तो पहले ही खत्म होगी थोड़ी कोई नहीं इसे डाल लेते हैं देते सबका किसी ही खा लेते हैं देखते हैं अब कितने देर पकता है पक पक पक रहा रहा रहा है, है, है। तो पकड़ाएगा अपना खाना भी पकने वाला है बस एक रह गया है फिर चलते हैं आगे देखते हैं आगे क्या क्या मिलेगा चलो अपना खाना भी पक गया है अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ रुकने कुछ फायदा तो नहीं मेरे ख्याल से आगे फूलों वाले वाया मैं ताकि तभी इतने फ्लावर दिख रहे हैं इधर डिफरेंट है चलते हैं आगे देखते हैं क्या क्या है आ गया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वैसे मुझे चाहिए। मैं डार्कऑक अपना घर बनाऊंगा नहीं मिली तो कहीं भी बना लेंगे अपना प्लेन्स में ही बना देंगे में ही बना लेंगे चलते हैं वैसे आगे तो फ्लॉर्स वाली बायो मैं कोई नहीं देखते हैं ऐसे भी ऊपर चल के देखते हैं आसपास क्या है तो ये तो आ गया पूरा स्वम तो इधर जाने का कोई फायदा है इधर ही चलते हैं तो बाकी तो कुछ है नहीं दिखाने वाला तो मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ ओके गाइस तो हमें मिल चुका है एक लावा पूल हमारे नदर पोर्टल का इंतजाम तो हो चुका है बस तीन आयरन तीन आयरन ढूंढने बकेट बना के अपना नदर पोर्टल बना लेंगे बाकी वैसे भी जरूरत तो है नहीं क्योंकि डायमंड के बिना तो जाने वाला पागल ही होगा एक इधर भी है मेरे ख्याल से नहीं ये तो वॉटर का पहचा एक देखते हैं आगे क्या है चलते रहें चलते रहें आगे कुछ भी नहीं है इधर चल के देख लेते हैं अब ना विलेज मिलेगा ना कुछ मिलेगा बस हम ऐसे ही घूमते रहेंगे हमारा टाइम पास होता रहेगा शायद से प्लेन्स वायम आ गई आगे चलो प्लेन्स वायम में चलते हैं Plains, plans, plans. आ जाओ, चलो चले दिख गए बस एक एक नहीं नहीं दिखा पता नहीं कब दिखेगा हमें चलते चलते चलते रहो चलते रहो चलते रहो फिर नदी आ गई फिर इसे पार करो चलते रहो चलते रहो तो गाइज हमें अपने वर्ल्ड का पहला मॉब मिल चुका है जो कि है हमारी स्पाइडर जी भी नहीं मारने की कोशिश करेंगे हम हमें मार तो सकती नहीं है ये तो ही नहीं मार देंगे हम बाकी आगे चल के देखते हैं क्या है और फ्लार्स वाली बायो में वैसे ये रेबेड बड़े दिख रहे हैं इधर बहुत फ्लार्स हैं इधर यहीं आसपास अपना घर बना लेंगे सामने पूरी प्लेन से बायो मैं यहीं पर अपना घर बना लेंगे बाकी देखते हैं चलते हुए क्या मिलता है मैं तो भाई फिर से लावा पुल एक नहीं दो दो मिले हैं और ये भले उससे अच्छे हैं तो यही आसपास अपना घर बनाएंगे बाकी थोड़ा सा इधर आगे आगे चल के देखते हैं विलेज मिला तो ठीक है नहीं तो यहीं पे अपना घर बनाएंगे घर बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और माइनिंग पे भी जाएंगे। इस वीडियो में हम माइनिंग में जाएंगे देखते हैं केव ढूँढ लेते हैं कोई पहले केव एक और लावा पुल कितने लावा पुल है ये तो उससे भी बड़ा है अपना घर हम इसी आस एरिया में बनाएंगे देखते हैं आगे अब चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं तो सामने मुझे केव दिख रही है चल के देखते हैं इसमें क्या है कोल मिला तो अच्छी बात है क्योंकि अभी कोल की हमें बहुत जरूरत है देखते हैं इसमें चल के अंधेरा बहुत है इसमें पहले एक काम करते हैं थोड़ा सा चारकोल बना लेते हैं कोल तो मिला नहीं सामने ही तो बन रहे हैं अपने चारकोल टोटल पाँच चार बने हैं बहुत टॉर्चे बन जाएगी इससे इतनी हमें चाहिए भी नहीं है तो बना लेते हैं अपने फटाफट टॉर्चे टिक टिक तो तो 24 टॉर्चेस बन बहुत चलते हैं अब अपने में थी कहा गई यहाँ पे ठीक ओके तो चलते हैं अब okay. तो है इसमें केप केप केप ओके तो को, को, कोल मिल चुका है केप तो यहीं पे ख़त्म हो गई कोई नहीं हमें कोल मिल गया इतना ही बहुत है कम से कम चार कोल तो नहीं बनाना पड़ेगा वोड से तो स्मेल्ट नहीं करनी पड़ेगी चलो अपना कोल माइन मिलता है अपना फर्स्ट और फर्स्ट स्टोर से हम अपना इकट्ठा कर रहे हैं तो हमें मिले यहाँ से सेवनटीन कोल तो इतने बहुत है इतने ही मिल सकते हैं अपने टॉर्चेस निकाल के चलते हैं यहाँ से क्यों टॉर्चेज वेस्ट करें अपनी चलते हैं अभी इसे सामने से तोड़ते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से ज्यादा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे अपना बाकी टॉर्च लगा लेते हैं एक बार क्या है यहाँ पे तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा ब्लॉक्स लगा के चलते हैं ऊपर ही चलते हैं तो हमें एक और केव मिल चुकी है वो भी उसी के पास ही अब देखते हैं ये कहाँ जाती है इधर मुझे खाली लग रही है बिल्कुल सामने कॉपर दिख रहा है चलते हैं नीचे वैसे देखते हैं क्या पता कुछ मिल जाए अपना हो चुका है पोपट चलते हैं ऊपर टाइम पास हुआ है बहुत तो सामने एक और दिख रही है देखते हैं अब इसमें भी क्या होगा बस पिछले की तरह ये भी खाली ना निकल जाए और पता था पता था, पता था, था हमें। फिर से चलते हैं ऊपर वही टाइम पास करेंगे अपना। तो अभी एक और मिल चुकी है अब इसमें भी चल के देखते हैं अभी केव जमा ले बहुत जरूरी है उधर से ऐसे इसमें पानी जा रहा है तो वहीं से चलेंगे आ चुके हैं हम नीचे इस लाइन का क्या करें हम ये हमें मरने के लिए दिए गए हम इन्हें मारेंगे लेकिन ये हमें नहीं मार सकती तो बाकी फिर से हमारा पागल बन चुका है हम पागल बने जा रहे हैं लेकिन कुछ दिखा मेरे को एक और था कोल दिख गया है अब कोल को माइन करेंगे फिर ऊपर जाएंगे बस यही रह गया है तो करते हैं कोल को माइंड तो गाय हमारी नजर थोड़ी हो गई है कमजोर हमें दिखा यहाँ पे आयरन हम जा रहे थे तो हमें दिख गया अब हम इसे माइन करेंगे वर्ल्ड का पहला आयरन है काश बहुत सारा हो देखते हैं कितना मिलता है अभी तो माइनिंग कर रहे हैं कलेक्ट कर लेते हैं बाकी दो और बचे हैं अभी ने भी माइन करते हैं फिर स्मेल्ट करेंगे तो देखते हैं कितने मिले तो टोटल हमें मिल चुके हैं आठ और बाकी तो और इसमें कुछ है नहीं देख लिया मैंने पूरा ही मैं जा रहा था दिख गए चलो खाली तो नहीं था कुछ तो मिला ही इसने अपनी बेस्टियों से बचा लिया और यहाँ पे भी है कुछ यहाँ पे भी देखते हैं केव दिख रही है मुझे शायद हो तो अच्छी बात है बाकी देखते हैं अब नो नो केव कोई केव नहीं है चलते हैं ऊपर फिर से घूमेंगे तो एक और एक और एक और अब मिल चुकी है गाइस। हमें केव। केव मिल चुकी है चलते हैं इसके अंदर और इधर लावा भी है हाँ इधर लावा है टॉर्च लगाएंगे चलेंगे इधर चलते हैं। टॉर्च लगा लेते हैं नीचे में दिख गया है ग्लो स्क् बाकी इधर देखते हो चलेंगे कई आयरन वगैरह ना हो बाकी बहुत डीप जा रही है ये लेकिन आयरन का नामो निशान नहीं है चलते रहेंगे हम तो भाई आयरन लेके ही जाएंगे उस भाई को क्या हुआ वो क्यों मर रहे हैं तो आयरन मिल चुका है चलो अब इसे भी माइन करते हैं तो कर लिया हमने इसे माइन अब आगे देखते हैं क्या होगा तुम तो आ चुके हैं सेकंड लेवल पे और आयरन चलो चाहे एक ही मिला लेकिन मिला तो सही करते हैं ऐसे भी माइन। चलो ये भी मिल गया टॉर्चेस लगाते हैं अपने यहाँ पे और देखते हैं ये तो बहुत डीप जा रही है तो देखते हैं और क्या क्या है इधर तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में ही इतना ही तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और वैसे अभी डिस्टोन दिख गया और आयरन भी दिख गया वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो जल्दी से ही डाल लूंगा और इस वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना फिलहाल मेरे यहाँ वन सब्सक्राइबर जल्दी इससे वन कर दो तो मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में दा